जय हिंद मित्रों तो कैसे हैं आप लोग आज हम इस वीडियो में जानेंगे हाउ टू इनस्टॉल स्क्रीन रिकॉर्डर इन लैपटॉप एप्स बिल्कुल प्री तो समय को ना गवाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेलाइकन को तबाना ना भूलें तो आप देख सकते हैं कि हम अपने लैपटॉप के ब्राउजर में आ गए हैं और ब्राउजर में आने के बाद हम सर्च कर लेंगे आपको इस एप्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे स्क्रीन रेक करके और सर्च के बटन पे क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपको स्क्रीन रेक पहले नंबर पे ही दिखाई दे रहा होगा इस पर क्लिक करके हम इसको ओपन कर लेंगे ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपको राइट साइड में ऊपर की तरफ डाउनलोड फ्री करके दे रहा है इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका एप्स डाउनलोड होने लगा नीचे आकर रन पे क्लिक कर देना है आप देख सकते हैं रन दिया हुआ है इस पर क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद आप फ्यू डाउनलोड पर देख सकते हैं फ्यू डाउनलोड पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपका एप्स कितना डाउनलोड हुआ तो हम देख सकते हैं कि हमारा एप्स डाउनलोड हो चुका है लगभग तो इस पर क्लिक करके हम इसे ओपन कर लेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्क्रीन ट्रेक वेब और इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये आ गया कुछ इस तरह का इंटरफेस जिसमें आपको नेक्स्ट करना है नेक्स्ट करने के बाद आपको आई ए कृपे क्लिक करना है फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट अब आपका एप्स इनस्टॉल होने वाला है स्टार्ट हो चुका है डाउनलोडिंग आप देख सकते हैं कुछ ही देर में वैसे तो मेरा तो ज़्यादा टाइम लग गया है इंस्टॉल करने में आपको आपके नेट पे निर्भर करता है कि कितने देर में ये एप्स डाउनलोड हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा ये इनस्टॉल होने ही वाला है और यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल गया है जिसमें आपको फिनिश पर क्लिक करना है उसके बाद आपको अपने लैपटॉप के होम स्क्रीन पे आ जाना है और आप देख सकते हैं कि आपका एप्स पूरी तरह इनस्टॉल हो चुका है और आपको यहाँ से इस्टार्ट कर लेना है आप देख सकते हैं कि आपको राइट साइड में कुछ ऐसा तीन चार ऑप्शन दे रहे हैं इस पे जाकर आपको वीडियो के ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको पूरा ड्रॉ करना है जितना भी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है और फिर आपको सेव करने के लिए उसी पे जाकर क्लिक कर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाया जिसमें आपको डिलीट और डाउनलोड पे ऑप्शन दे रहा है इसमें आपको अगर वीडियो को सेव करना है तो डाउनलोड पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको फाइल में सेव करने के लिए ऑप्शन दे रहा है आपको वीडियो किस नाम से सेव करना है उसका नाम लिख दें या वैसे भी नाम आ जाता है डेट और टाइमिंग करके हम इस वीडियो को नाम से सेव कर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को नाम से सेव से कर लेते हैं नाम लिखने के बाद हम सेव कर लेंगे सेव करने के बाद आपका ये वीडियो सेव हो चुका है अगर आपको इस वीडियो को दिस पीसी में जाकर आपको उस फाइल को ओपन कर लेना है जैसे कि वीडियो का फाइल दे रहा है हमने उस पर क्लिक किया है क्लिक करने के बाद अब देख सकते हैं कि हम जिस नाम से वीडियो को सेव किया है वो वीडियो आ चुका है अब आप या हम यहां से प्ले करके देख सकते हैं वो वीडियो और यहां से हम एडिट के लिए भी ले सकते हैं तो फाइनली दोस्तों हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है हाँ और आपसे जाते जाते एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपा करके सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें थैंक यू दोस्तों जय हिंद मिलते हैं अगले वीडियो में